हेलो बच्चों और मम्मीस कैसे हो आप आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों आज मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगी ना वो जो एक लड़की है जूली उसकी स्टोरी है और जूली की कुछ अच्छी बातें थी कुछ अच्छी आते थी जिसके कारण उसको उसके घर बहुत प्यार करते थे तो कहानी शुरू करने से पहले आप एक बार लाइक बटन दबा दीजिए वरना आप फिर भूल जाते हैं कहानी देख के आप फ़ोन बंद कर देते हो तो इसलिए मम्मा से बोलिए लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए तो आ हम कहानी शुरू करते हैं अरे जूली बेटा उठ जाओ देखो कितना टाइम हो गया है वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी हाँ मुझे पता है मैंने स्कूल जाना है और मैं मैं मैं जल्दी जल्दी जल्दी उठ जाती उठकर पहले पहले सबसे ब्रश ब्रश से कर लेती हूं। बनना मैं स्कूल के लिए लेट हो पी लेती हूं। क्योंकि टीचर ने बताया था ना सुबह उठकर पानी पीना बहुत जरूरी होता है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और हमारे पेट से सारी गंदगी बाहर बाहर कर देता है अब मैं ऐसा करती हूँ पानी भी पी लिया और ब्रश भी कर लिया अब टाइम है एक्सरसाइज करने का चलो अब मैं एक्सरसाइज करती हूं। One, two, three, अरे जुली बेटा आजू खाना खा लो पहले खाना बनकर तैयार हो गया है वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी मैं आती पहले मैं प्रे कर लेती हूँ उसके बाद मैं खाना खाऊंगी थैंक थैंक यू यू गॉड गॉड फॉर फॉर द द बर्ड्स स्वीट फूड खाऊँगी अरे बेटा खाना खाने के बाद अपना स्कूल का बैग चेक कर लेना उसमें सभी बुक्स, पेंसिल शॉर्पनर और इरेजर डाल लेना अच्छे से ठीक है माँ मैं खाना खत्म करके सभी बैग में बुक्स और अब अब अब मेरा बैग भी भी पैक हो गया और मैं मैं स्कूल स्कूल के लिए जाऊंगी बाय बच्चों थी हमारी जोली जिसकी आदतें कितनी अच्छी है अब हम उसकी आदतों को रिपीट कर लेते हैं पहली आदत है बेकप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ड्रिंक का वाटर आफ्टर दैटरसाइज एंड डेली ईट अ फूड हेल्थी एंड फ्रेश एंड दे बच्चों आपको मेरी कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिए थैंक यू वेरी मच